फैबरी वन मैं महद पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया कि मैं आप लोगों के समक्ष बेसिक नॉलेज कोर्स में प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाला हूं हमारे चैनल पर कंप्यूटर बेसिक नॉलेज कोर्स का प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें आपको स्टेप बाई स्टेप सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी कंप्यूटर की हिस्ट्री से लेकर के पार्ट ऑफ कंप्यूटर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टाइप ऑफ कंप्यूटर इस तरह से आपको कंप्लीट फंडामेंटल की बेसिक वीडियोस आपको वहाँ प्राप्त हो जाएंगी जिससे आप कंप्यूटर के विग्नर हैं अगर कंप्यूटर आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के बारे में जानना चाहते हैं जीरो लेवल से कंप्यूटर को सीखना चाहते हैं तो आपको खासा मदद करेगा उसी क्रम में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल भी देने वाला हूँ कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का जो प्रैक्टिकल है बिकॉज अभी तक थ्योरी की क्लासेस चल रही थी और आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया कि हमारा इंस्टीट्यूशन है कीर्ति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट द कॉलेज ऑफ आईटी जो कि यूपी के विभिन्न डिस्ट्रिक्स में चलता है इसकी कई सारी शाखाएं रन कर रही हैं पूरे यूपी में तो हर ब्रांच पर जा करके पढ़ा पाना संभव है नहीं सो so, डिजिटली मैं हर स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता हूं स्टूडेंट्स के ही रिक्वेस्ट पर मैं क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ ये जो मेरी क्लासेस होंगी विगनर्स के लिए विगनर्स टू एडवांस होंगी कहने का मतलब जो कंप्यूटर में कुछ नहीं जानता है कंप्यूटर को जीरो लेवल से पढ़ना चाहता है कंप्यूटर पहली बार वो कंप्यूटर पर पढ़ाई करना स्टार्ट करना चाहता है कंप्यूटर को सीखना चाहता है तो ये वीडियोस के लिए बहुत ही यूज़फुल होगा तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें यदि आपकी कोई क्वेरी आएगी तो आप कमेंट से हमें उसके बारे में बता सकते हैं तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज हम फर्स्ट डे की क्लास देखते हैं जीरो लेवल से हम कंप्यूटर सीखते हैं कंप्यूटर को हम ऑन करने से लेकर के कंप्यूटर को हम कैसे कंप्यूटर पर वर्क करते हैं कंप्यूटर के किस इंटरफीस को क्या बोला जाता है कंप्यूटर में माउस क्या होता है कीबोर्ड क्या होता है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आज जानेंगे कहने का मतलब कंप्यूटर की ए वी सी डी से स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर को हम जीरो लेवल से पढ़ेंगे जैसा कि आपके सामने ये स्क्रीन दिख रही है जिसे हम मेन विंडो कहते हैं मेन विंडो हम विंडोज़ ऑपरटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सामने अवेलेबल है विंडोज़ टेन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आगे चीज़ें अगर आप हमारा थियोरेटिकल वीडियो देखे होंगे या अगर आपने नहीं देखा है तो हमारी थ्योरी की वीडियो आप देख लें तो उसमें आपको पार्ट ऑफ कंप्यूटर मिलेगा और पार्ट ऑफ कंप्यूटर में हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके अंतर्गत आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कंप्यूटर आपका है वो आई टेक्नोलॉजी पर काम करता है आई क्या है आई पी होता है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट या आप कह सकते हैं इनपुट प्रोसेसर एंड आउट और ये हार्ड टाइप ऑफ हार्डवेयर भी है हार्डवेयर तीन प्रकार का होता है इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग डिवाइस एंड आउटपुट डिवाइस इन तीन प्रकार की ही डिवाइसेस कंप्यूटर में अवेलेबल होती हैं इसके अलावा कोई भी डिवाइस नहीं लगती है कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस हम कनेक्ट करेंगे या तो वो इनपुट डिवाइस होगा या आउटपुट डिवाइस होगा और जिस पर हम काम कर रहे होंगे वो प्रोसेसिंग डिवाइस होगा जिसमें हम कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं कंप्यूटर आईपीओ टेक्नोलॉजी पर काम करता है कहने का मतलब ये है कि जब कोई यूज़र इनपुट डिवाइसेस के माध्यम से कोई भी डेटा इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर सिस्टम में इन करता है तो प्रोसेसिंग डिवाइस में जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस दिए गए इंस्ट्रक्शंस को एल यू एमयू यू की मदद से उसका कम्प्लीट रिज़ल्ट तैयार करता है और उसके बाद वह उचित आउटपुट डिवाइस को प्रेषित कर दिया जाता है जिससे हमें परिणाम प्राप्त हो जाता है तो इस टेक्नोलॉजी को हम आईपीओ टेक्नोलॉजी कहते हैं इनपुट प्रोसेसर एंड आउटपुट अब हम चलिए देख लेते हैं कंप्यूटर को ऑन हम कैसे करते हैं यदि हम डेस्कटॉप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम माइक्रो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं और माइक्रो कंप्यूटर तीन प्रकार का होता है डेस्कटॉप लैपटॉप एंड पॉम जिसे हम पी सी पी एंड पी सी बोलते हैं पर्सनल कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर विद एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी एंड पर्सनल कंप्यूटर विद एडवांस टेक्नोलॉजी जिसमें डेस्कटॉप जो डेस्क के ऊपर रख के चलाते हैं उसको हम डेस्कटॉप कहते हैं डेस्कटॉप में जो मेन डिवाइसेज लगती हैं आपका कीबोर्ड माउस मॉनिटर एड सीपीयू होता है कीबोर्ड और माउस जो है आपका एक इनपुट डिवाइस है इसे हम बेसिक इनपुट डिवाइस कहते हैं बिकॉज इसके बिना कंप्यूटर को यूज़ कर पाना संभव नहीं है मोनीटर जो है वो आउटपुट डिवाइस है एक विजुअल आउटपुट है क्योंकि आउटपुट भी दो प्रकार होता है हार्ड कॉपी आउटपुट एंड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट तो मॉनिटर एक सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है जो हमें विजुअली रिजल्ट प्रोवाइड करता है और प्रोसेसर जो आपका प्रोसेसिंग डिवाइस है जिसे हम सीपीयू कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ये आपका ब्रेन और कंप्यूटर कहा जाता है सारे वर्क और फंक्शन को जो सारे परिणाम आपको मिलते हैं परिणाम को क्रियान्वित करके उसका रिजल्ट तैयार करने का काम सी करता है जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं और सी के अंतर्गत मेन तीन यूनिट होती है एल यू सी यू एंड एम मेमोरी यूनिट एर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट तो ये एक बेसिक सिस्टम की ये बेसिक डिवाइस हैं, जिसे हम डेस्कटॉप कहेंगे और यदि हम लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं जैसा कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ या लैपटॉप पर ही बना रहा हूँ लैपटॉप लैप मीन्स होता है गोद गोद के ऊपर जो आपके रख के चलाते हैं उसको हम लैपटॉप कहते हैं जिसे हम पर्सनल कंप्यूटर विद एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी करते हैं लैपटॉप को हम कहीं भी ले जा सकते हैं नोटबुक की तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं बिकॉज उसमें आपको स्टोरेज मिल जाता है जब उसको हम चलाते हैं तो हमारा लैपटॉप में जो लगी बैटरी होती है वो चार्ज हो जाती है फिर उसको हम अलग जगह पर उस बैकअप के माध्यम से यूज़ कर सकते हैं थर्ड है आपका पी सी पर्सनल कंप्यूटर विथ एडवास टेक्नोलॉजी जिसमें आपका पाम टॉप आप कम्प्यूटर आता है पाम मीनस होता है हथेली और जो हथेली पे रख के कंप्यूटर हम चलाते हैं उसको पाम टॉप कहते हैं जैसे आपका स्मार्टफोन है टैबलेट्स है तो ये है आपका मेन माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत जो हम मेन चीज़ें यूज़ करते हैं जिसमें हम लैपटॉप मोबाइल अब हर कोई यूज़ कर रहा है एंड्रॉयड फ़ोन जिसे स्मार्टफोन कहते हैं और डेस्क मैंने बताया सी पी कीबोर्ड एंड माउस तो सिस्टम को ऑन करने के लिए हम क्या करते हैं जो हमारे पास पावर बोर्ड होता है उसमें हमारा सीपीयू का पावर प्लग लगा होता है और मॉनिटर का पावर प्लग लगा होता है और स्विच को हम ऑन करते हैं और सीपीयू में लगी पावर बटन को हम ऑन करते हैं और मॉनिटर की पावर बटन को हम ऑन कर लेते हैं सीपीयू की पावर बटन को ऑन करते ही सी बूट करना स्टार्ट कर देता है कंप्यूटर पोस्ट करता है पोस्ट करने का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट अपने सारे कंपोनेंट्स को चेक करता है तथा कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक मिश्रित रूप है एक एकाकृत रूप है तो जो हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर होता है उनकी फाइलों को चेक किया जाता है और फाइलों को चेक करना सिस्टम में लगे कंपोनेंट्स को चेक करना सिस्टम के बूटिंग टाइम में होता है जैसे हम पोस्ट कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट बूटिंग जो है वो दो प्रकार का होता है एक कोल्ड बूटिंग होता है और एक वॉर्न बूटिंग होता है कंप्यूटर आप पहली बार जब ऑन कर रहे हैं तो वो कोल्ड बूटिंग होती है बिकॉज मदरबोर्ड में लगे सारे कंपोनेंट कोल्ड होते हैं ठंडे रहते हैं और मेरा कंप्यूटर चल रहा होता है और हम जब कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं कंप्यूटर बंद होता है और दोबारा से ऑन होता है उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं उसमें क्या होता है मदरबोर्ड पर लगे हुए सारे कंपोनेंट्स हीट होते हैं तो उसको हम वार्म बूटिंग कहते हैं तो ये हो गया बूटिंग आप देख रहे हैं हमारे सामने कंप्यूटर का मेन विंडो ओपन है मेन विंडो मैंने अभी आपको मेन विंडो बताया कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मेन विंडो हमारे सामने अवेलेबल है मेन विंडो कहने का मतलब वह इंटरफेस जहां से हम कंप्यूटर को यूज़ कर सकें जहां से हम कंप्यूटर पर कोई भी काम कर सकते हैं उसको हम मेन विंडो कहते हैं वैसे विंडो के दो प्रकार होते हैं मेन विंडो एंड ग्रुप विंडो मेन विंडो आपका यही आपके सामने जो डेस्कटॉप प्रजेंट है जो आपका स्क्रीन आपको दिख रहा है वही आपका मेन विंडो है और जो ग्रुप विंडो होता है उसके अंतर्गत आपका एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो आता है और एप्लीकेशन विंडो के अंतर्गत आपका एक्टिव विंडो आता है इसको हम आगे बताएंगे हम मेन विंडो के बारे में समझेंगे मेन विंडो जो आपके सामने ओपन है उसमें आप देख पा रहे हैं मेन विंडो को पहचानने का एक तरीका होता है मेन विंडो के मेन तीन पार्ट है तीन भाग होते हैं जिसे हम डेस्कटॉप आइकन्स एंड टास्क वर्क कहते हैं कहने का मतलब जो ये आपको बैकग्राउंड एरिया दिख रहा है मैं पॉइंटर से इंडिकेट कर रहा हूँ आप उसको ध्यान से देखेंगे ये जो आपको बैकग्राउंड एरिया दिख रहा है जिस पर एक पिक्चर लगा हुआ है इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं या इसे हम बैकग्राउंड भी कह सकते हैं और जो ये ग्राफिकल सिंबल्स आपको दिख रहे हैं इसको हम आइकॉन्स कहते हैं सिंगल है तो आइकॉन एक से ज्यादा है तो आइकॉनस कहते हैं नीचे एक पट्टी है जिसे हम टास्क बार कहते हैं किसी भी टास्क पर हमें काम करना है तो वो टास्क बार पर हमें अवेलेबल मिलता है मतलब जो टास्क पर हम काम कर रहे होते हैं जिस एप्लीकेशन को हम यूज़ कर रहे होते हैं या जिस फाइल पर हम काम कर रहे होते हैं वो एप्लीकेशन की फ़ाइल आपको यहाँ टास्क बार पर शो करती रहती है आप ध्यान देंगे यहाँ ये आपका विंडो का सिम्बल बना हुआ है जिसे हम विंडो की या स्टार्ट बटन बोलते हैं यहीं से हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं जो टास्क बार के लेफ़्ट कॉर्नर पर अवेलेबल होता है और इसके जस्ट बगल में आपको जो सिंबल्स दिख रहे हैं कुछ पिक्चर्स कुछ आइकनस आपको प्रोवाइड हो रहे हैं इस एरिया को हम क्विक लॉन्च एरिया बोलते हैं यहाँ क्विक लॉन्च का मतलब क्विक मतलब होता है जल्दी लॉन्च मतलब होता है ओपन हो जाना यदि हम किसी भी आइकन पर एक सिंगल क्लिक कर देते हैं तो जस्ट वो लॉन्च हो जाता है ओपन होकर के आपके सामने आ जाता है तो इसे क्विक लॉन्च एरिया कहते हैं और टास्क बार के राइट साइड में आपका नोटिफिकेशन एरिया होता है जहां से हमें कोई भी सूचना प्राप्त होती है यदि हम कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिवाइस कनेक्ट करते हैं तो नोटिफिकेशन एरिया के माध्यम से हमें पता चल जाता है यदि हम कोई भी हार्डवेयर कनेक्ट करते हैं तो यहीं से नोटिफाई हो जाता है और यहाँ एक बलून आ जाता है उसमें आपको लिख करके आता है फाउंडर न्यू हार्डवेयर और फिर उसका कंप्यूटर में उसका ड्राइवर लिया जाता है और यदि ड्राइवर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो डिवाइस यूजबल हो जाती है अब हम समझते हैं जो आपका मेन विंडो है उसके तीन पार्ट में जैसे डेस्कटॉप हो गया आइकन्स हो गए एंड टास्क बार तो हम सबसे पहले आइकन से समझ लेते हैं आइकन्स मेन चार प्रकार के होते हैं फर्स्ट आपका सिस्टम आइकन सेकंड आपका फोल्डर आइकन थर्ड आपका प्रोग्राम आइकन एंड फोर्थ आपका शॉर्टकट आइकन सिस्टम आइकन में जैसे आपका ये माई कंप्यूटर या डिस्क पी लिखा हुआ है आपका रिसाइकिल कंट्रोल पैनल या आपका जो यूज़र नेम का एक फ़ोल्डर होता है वो है आपके सिस्टम आइकन कह जाते हैं और ये जो आपको सिंबल्स दिख रहे हैं इसे हम फोल्डर आइकन कहते हैं और ये जो प्रोग्राम खुला है जैसे प्रोग्राम का एक ये फाइल आपकी सेव करके रखी हुई है जैसे न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड है और न्यू पेज करके फ़ाइल है या फोटोशॉप की फ़ाइल है या कोई भी ऐसी फाइल जो कोई भी प्रोग्राम की फ़ाइल होगी आपके डेस्कटॉप पर उसको हम प्रोग्राम आइकन कहेंगे डायरेक्टली वो प्रोग्राम अगर हम लॉन्च करना चाहते हैं तो यहीं से डायरेक्ट वो प्रोग्राम लॉन्च कर जाता है या वो एप्लीकेशन लॉन्च कर जाता है तो इसे हम प्रोग्राम आइकन कहते हैं और ये जो आपका आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा एरो बना हुआ है इसमें इसको हम शॉर्टकट आइकन कहते हैं शॉर्टकट मतलब किसी भी आइकन का डुप्लिकेट ये आपका फोल्डर आइकन यहाँ पर एल तीन लिखा हुआ है इसी का एक शॉर्टकट है इसी का एक डुप्लिकेट है यहाँ आप देख पा रहे हैं पेजमेकर का एक डुप्लिकेट है नोट का डुप्लिकेट है तो ये आपके शॉर्टकट आइकन्स होते हैं किसी भी फोल्डर पर हम जाएँ और हम राइट क्लिक करके उसका शॉर्टकट यहाँ से क्रिएट शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं या सेंट टू में आप जाएँ और डेस्कटॉप पर क्रिएट शॉर्टकट आप कर सकते हैं तो ये काम आप यहाँ से कर सकते हैं तो ये हो गए आपके आइकन हम देखते हैं डेस्कटॉप डेस्कटॉप जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं जो वॉलपेपर आपका है जो आप बैकग्राउंड पे लगा हुआ जो पिक्चर है उसे आप चेंज कर सकते हैं उसको चेंज करने का तरीका अभी हम आपको बताएंगे उससे पहले हम आपको बता दें ये जो हम कुछ भी इंडिकेशन दे रहे हैं माउस पॉइंटर के माध्यम से दे रहे हैं और जो माउस है आपका मेन तीन प्रकार का होता है फर्स्ट है आपका मैकेनिकल माउस सेकेंड है आपका ऑक्टो मैकेनिकल माउस एंड थर्ड है आपका ऑप्टिकल माउस मैकेनिकल माउस में ऊपर दो बटन होती थी एक प्राइमरी और सेकेंडरी बटन नीचे एक मेटल का रोलर होता था उसके ऊपर रबर लगा होता और सिर से रोल करते थे तो पॉइंटर रन करता था ये पुराना हो चुका अब नहीं मिलता आपको सेकेंड उसके बाद आया ऑप्टो मैकेनिकल ऑप्टो मैकेनिकल में ऊपर तीन बटन होती थी जिसे प्राइमरी बटन सेकेंडरी बटन एंड स्क्रॉल बटन कहते थे प्राइमरी बटन को लेफ्ट बटन बोलते हैं लोग सेकेंडरी को राइट right बटन बोलते हैं और इस्क्रॉल बटन को मिडल बटन कहा जाता है इसके बाद है आपका थर्ड ऑप्टिकल ऑप्टिकल में क्या होता है ऊपर तीन बटन होती है प्राइमरी सेकेंडरी एंड स्क्रॉल और नीचे आपका लेजर लाइट पाया जाता है जिसके माध्यम से हम माउस को यूज़ करते हैं और माउस के जो मेन फंक्शन है माउस चार काम मेन करता है जो प्राइमरी की से फोर वर्क ऐसा है इसका जो मेन है जिसमें पहला काम है क्लिकिंग यदि अभी हम एंटर की ओके okay की बोलते हैं एंटर को हम एंटर की प्रेस कर रहे हैं कुछ भी नहीं हो रहा है जैसे हम किसी भी आइकन को ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें मस्ट होता है सिलेक्शन करना यदि हम सेलेक्ट जैसे हम किसी ग्रुप में बैठे हों और हमें किसी से कोई बात कहनी है जब तक हम उसका सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक वो हमारी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा या हम कुछ भी उससे कहेंगे उसका रिज़ल्ट हमें वो नहीं देगा तो उसके लिए सिलेक्शन मस्ट होता है तो माउस की हम प्राइमरी बटन को एक बार क्लिक कर देते हैं तो सेलेक्शन हो जाता है और सेलेक्शन है तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट वो आपका जो फोल्डर है या जो आइकन है वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा दूसरा काम हम उसका प्राइमरी बटन से ही अगर हम दो बार क्लिक कर देते हैं तो हमारा कोई भी फोल्डर या फाइल या आइकन है वो डायरेक्टली ओपन हो जाएगा ये है आपका डबल क्लिक इसका तीसरा काम होता है ड्रैगिंग करना आप देख रहे हैं हम उसके मूमेंट जो आपका फोल्डर है फोल्डर आइकन है इसके लोकेशन में परिवर्तन कर रहे हैं मूमेंट करा रहे हैं जहाँ उस पहले से स्थित था उसके लोकेशन में हम परिवर्तन कर रहे हैं मूवमेंट करा रहे हैं इस प्रक्रिया को हम ड्रैगिंग कहते हैं और ड्रैगिंग करने के लिए हमें प्राइमरी बटन को पुश करके रखना होगा और फिर माउस को मूव करेंगे इधर उधर तो हमारा ये फोल्डर या जो भी आइकन या फाइल है वो मूव करेगा इसे हम बोलते हैं ड्रैगिंग और फिर हम उसको ले जा के कहीं भी रख देते हैं अभी हम देख लीजिए हम इसको मूव कर रहे हैं तो एक इंडिकेटर शो कर रहा है रखने के लिए ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जो इसमें व्यू है वो मैंने ऑटो सेटअप लगा रखा है कहने का मतलब यहीं अगर हम राइट बटन को प्रेस करते हैं सेकेंडरी बटन को प्रेस करते हैं तो एक ड्रॉपडाउन लिस्ट आती है इसमें व्यू होता है और व्यू पर आप जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ऑटो अरेंज आइकन से इस पर अगर हम ये चेक हटा देते हैं फिर हम इसको उठाएं और कहीं भी ले जा के रख देना चाहें तो हम रख सकते हैं और रखने की प्रक्रिया माओका वर्क है पॉइंटिंग इसके द्वारा हम पॉइंटिंग कर सकते हैं पुटअप कर सकते हैं स्थापित कर सकते हैं ये माउस का चौथा काम है और इस काम के नाते ही माउस को एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है फिर हम इसको उठाएं और हम कहीं भी रख सकते हैं यह है आपका पॉइंटिंग तो माउस के मेन प्राइमरी बटन से जो मेन फंक्शन है चार हैं क्लिकिंग डबल क्लिकिंग ड्रैगिंग एंड पॉइंटिंग क्लिक सेलेक्शन होता है डबल क्लिक से ओपन हो जाता है ड्रैगिंग से हम लोकेशन में परिवर्तन मूवमेंट कर सकते हैं और पॉइंटिंग से हम उसको रख सकते हैं अगर हम राइट right बटन का यूज़ देखें तो मेन वर्क है राइट right क्लिक करते ही हमारे पास एक ड्रापडाउन लिस्ट आ जाती है जहां से हम ओपन कर सकते हैं या हम प्रॉपर्टीज़ वग़ैरह जान सकते हैं इसका हम शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं रीनेम कर सकते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है हम अपने फोल्डर का या अपने किसी भी फाइल का साइज़ जानना चाहते हैं या उसका लोकेशन जानना चाहते हैं उसका हम डेस्टिनेशन चेक करना चाहते हैं उसकी साइज़ चेक करना चाहते हैं तो हम प्रॉपर्टीज़ पर जा के चेक कर सकते हैं हिडन भी हम यहां से कर सकते हैं तो ये काम हम सेकेंडरी बटन से ही करते हैं राइट बटन से करते हैं ये हो गया माउस का बटन ऐसे ही कीबोर्ड होता है क्योंकि हम लैपटॉप पे आपको बता रहे हैं तो कीबोर्ड जो होता है वो देखा जाए तो आ, उसके कीज का जो संग्रह होता है कीज जो उसमें होती है मल्टीमीडिया कीबोर्ड नॉर्मल की या कीज के आधार पर क्वालिटी की अलग अलग टाइप के की यूज़ किए जाते हैं तो कीबोर्ड में जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड हम उसको क्यों कहते हैं क्योंकि एक अलग बोर्ड पर कीज़ का संग्रह होता है उसे हम कीबोर्ड कहते हैं डेस्कटॉप में कीबोर्ड होता है लैपटॉप में कीपैड होता है ऐसे ही मोबाइल में टच पैड होता है या कीपैड भी हम वहाँ भी कह सकते हैं तो कीबोर्ड पर जो है अलग अलग कीज़ होती हैं जिसमें फंक्शन कीज़ होती है आपका एल्फानेमेरिक कीज़ होती हैं टेक्सट कीज़ होती हैं प्रोग्राम कीज़ होती हैं एरो कीज़ होती हैं नमेरिक पैड होता है तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं इसमें तीन प्रकार के लॉक होते हैं कैप्स लॉक नम लॉक एंड स्क्रॉल लॉक जिससे हम अपने कीबोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं तो ये है आपका कीबोर्ड के बारे में मैनुअली ऐसे ही मैंने बता दिया अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डेस्कटॉप को हम चेंज करके देख लेते हैं हम यहीं राइट क्लिक करेंगे या सेकेंडरी बटन को हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक ड्रापडाउन लिस्ट आ जाती है और इस ड्रापडाउन लिस्ट पर हम जाएँ और यहाँ पर्सनलाइज पर क्लिक कर दें हमको कुछ भी चेंज करना है डेस्कटॉप में अगर हमें वॉलपेपर बदलना है बैकग्राउंड एरिया को हमें चेंज करना है तो आप देख रहे हैं डिफॉल्ट तरीके से बैकग्राउंड सेलेक्ट हो के आता है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है इसमें और आप यहाँ पर आपको व्यू प्र मिल रहा है यहाँ से आप चुनाव करेंगे कि आप पिक्चर रखना चाहते हैं आप कोई कलर रखना चाहते हैं आप स्लाइड शो प्रदर्शित करना चाहते हैं किसी फोल्डर को आप सेलेक्ट कर लीजिए उसकी जो वहाँ इमेज फाइलें होंगी वो शो करेंगी तो यहाँ से हम पिक्चर ले रखे हैं और यहाँ हम जा कर अपने डेस्कटॉप के पिक्चर को बदल लेते हैं तो आप देख पा रहे हैं पिक्चर डायरेक्टली चेंज हो जाती है अगर हमें और पिक्चर जाके चुनना है तो हम यहाँ ब्राउज पर जाते हैं और हम पिक्चर यहाँ से अपने सिस्टम में से पिक्चर्स को हम यहाँ से प्रेजेंट कर सकते हैं हम यहाँ चले जाएंगे और हम वाल ओपन करेंगे जहाँ भी वाल अवेलेबल होगा वहाँ से हम वाल को लेंगे और हम यहाँ पर उसको सेट करेंगे आप देख पा रहे हैं यहाँ वाल है काफ़ी अंदर है और यहाँ हम नेचर्स पर चले जाते हैं और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे यहाँ पर आपको पिक्चर्स दिख रहे हैं तो हम यहाँ से कोई भी नेचर पिक्चर हमने ले लिया आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से मेरी पिक्चर आ गई मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है और हम यहाँ से अगर बैक चले जाते हैं अगर हमने सारी फाइलों को सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स आ जाएंगे फिर हम उसमें से चुन सकते हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर है चूज़ फिट है अगर हम फिट करके लगना चाहते हैं तो फिट होकर के आ रहा है अगर हम यहां से स्ट्रेच कर देते हैं छोटी पिक्चर है तो भी पूरे आपके डेस्कटॉप पर आ जाएगी और अगर हम यहां से टाइल कर देंगे तो इसका जितना बड़ा आपका जो ओरिजिनल साइज है उसी साइज़ में जितना भी आपके डेस्कटॉप पर फिट हो पाएगा अलग अलग पिक्चर्स वहां आ जाएंगे और अगर हम सेंटर करेंगे तो पिक्चर की जो ओरिजिनल साइज़ है उस साइज़ में वो बीच में आ जाएगा आपके डिस्प्ले पर और यहाँ से जा करके हम कर हम स्पैन कर लेंगे तो स्पैन में भी स्ट्रैच की तरीके से प्रदर्शित हो जाएगा तो हम यहाँ से जा कर के कर लेते हैं और यहाँ पर आकर के हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर पिक्चर मिल जाएगी ये नेचर का पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट हो गया पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है बिकॉज पिक्चर छोटा था और हमने स्ट्रेच करके लिया है तो ये पिक्चर इस तरह से प्रेजेंट हुआ हम फिर से जाएंगे पसलाइज पर, पर चले जाएंगे और यहाँ से हम पिक्चर को चेंज करेंगे पिक्चर चेंज करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे और पिक्चर हमारा चेंज हो जाएगा तो ये है डेस्कटॉप का जो हमारा ये वाल उसको हम ऐसे बदलते हैं हम थोड़ा सा टास्क बार के बारे में भी देख लेते हैं हमने बताया कि ये क्विक लॉन्च एरिया है कहने का मतलब यदि हम किसी भी फाइल पर किसी भी टास्क पर हम क्लिक कर देंगे तो डायरेक्टली वो सिंगल क्लिक कर देंगे तो वो डायरेक्टली लॉन्च हो जाएगा जबकि डेस्कटॉप पर जो आइकन्स है उस पर हमें डबल क्लिक करना पड़ता है तब वो ओपन होता है यहाँ सिंगल क्लिक पर ओपन हो जाता है कहने का मतलब ये क्विक लॉन्च हो जाता है तुरंत लॉन्च हो जाता है राइट साइड में हम देखेंगे तो हमें यहाँ पर नोटिफिकेशन एरिया में हमें यहाँ डेट टाइम सारा कुछ चेक कर सकते हैं यहाँ कुछ नोटिफिकेशन सिंबल्स होते हैं जहाँ से हम अपना सिस्टम में कोई भी कुछ भी नोटिफाई करना है जैसे इसे हमें टैबलेट मोड में करना है नेटवर्क चेक करना है या कोई सेटिंग एयरप्लेन मोड कुछ भी हमें करना है तो हम यहाँ नोटिफिकेशन एरिया के माध्यम से कर सकते हैं और इसी एरिया में हमें कोई भी जब हम हार्डवेयर नया लगाते हैं तो हमें एक बलूनस के माध्यम से कंप्यूटर बताता है कि हमने एक नया हार्डवेयर फाउंड किया है फिर उसका वो ड्राइवर लेता है अगर वो ड्राइवर मिल जाता है उसको तो वो आपका जो लगा हुआ हार्डवेयर होता है वो रन कर जाता है और एक यहाँ पर लेफ़्ट साइड में जो डिफ़ॉल्ट तरीके से आपका टास्क बार के लेफ्ट कॉर्नर पर स्टार्ट बटन होता है जिसे हम विंडो बटन भी कह सकते हैं इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहीं से हम सारे प्रोग्राम को ओपन करते हैं जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हैं उनको हम यहीं से ओपन कर सकते हैं और कोई भी काम हम यहाँ से कोई भी फाइल है किसी भी टास्क पर हमें जाना है कुछ भी हमें करना है तो हम यहीं से किसी भी प्रोग्राम को चलाना चाहते हैं तो यहाँ से हम आकर के उसको हम ओपन कर सकते हैं जैसे माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड हमें यूज़ करना है तो हम माइक्रोसॉफ़्ट वर्ड पर आकर के क्लिक करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारे सामने प्रजेंट हो जाता है कहने का मतलब हम किसी भी एप्लीकेशन पर काम करना चाहते हैं किसी भी फाइल को ओपन करना चाहते हैं या कोई भी हमारा इंस्टॉल्ड प्रोग्राम है उसको हमें खोलना है उस पर काम करना है तो हम टास्क वार के माध्यम से जाते हैं तो ये टास्क बार का यूज़र्स है किसी भी टास्क पर हम काम कर रहे होंगे वो आपका यहाँ पर शो करेगा तो ये है आपका मेन विंडो का प्रकार आइकन्स डेस्कटॉप एंड टास्क वार इससे हम अपने डेस्क की पहचान कर सकते हैं यदि हमें कंप्यूटर सिस्टम को बंद करना हुआ तो हम यहीं टास्क वार अपने जाते हैं और स्टार्ट पर क्लिक करते हैं आप देख रहे हैं यहाँ पावर सिंबल है ऐसे जब आप सीपीयू में ऑन करेंगे तो ऐसा ही पावर सिंबल आपको वहाँ भी मिलेगा तो यहाँ अगर हम पावर सिंबल पर क्लिक कर दें तो हमारा सिस्टम बंद हो जाएगा कभी भी कंप्यूटर को डायरेक्ट नहीं बंद किया जाता स्विच से अगर हमें बंद करना है क्लोज करना है तो हम पावर बटन से या सट डाउन करके सिस्टम को बंद करते हैं अभी हम यहाँ आपको दिखाते हैं विंडो 10 होने के नाते विंडो 7 या XP पिछले जो भी वर्जनस हैं उसमें आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके पास सट डाउन करके आएगा और एक पॉइंट बना होगा एक ट्रैंगर पॉइंट होता है जिससे हम रिस्टार्ट स्लिप मोड हैवर वो सारा कुछ चेंज कर सकते हैं यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा राइट क्लिक करना पड़ेगा और जब हम राइट क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे हैं लिखा है सट और साइन आउट अगर हमारे पास कई सारे यूज़र्स हैं तो हम साइन आउट करके यूज़र चेंज कर सकते हैं जिसे हम स्विच यूज़र भी बोलते हैं या लॉग ऑफ करते हैं वही आपका साइन आउट है स्लीप करेंगे तो सिस्टम स्लीप मोड में आ जाएगा जिसे हम स्टैंड बाई कहते हैं स्लीप मोड कहने का मतलब सिस्टम चलता रहेगा और आपका जो डिस्प्ले है वो बंद रहेगा और सिस्टम आपका ऑन स्थिति में होगा यदि सिस्टम को हमको सेफली बंद करना है तो हम सट डाउन कर लेते हैं सट डाउन करेंगे सिस्टम आपका नॉर्मली सारी फाइलों को व्यवस्थित करके सिस्टम सेफली बंद हो जाएगा उससे आपके फाइलों के खराब होने का या आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या किसी भी फाइल के ख़राब होने के चांसेस नहीं होते तो कभी भी सिस्टम को बंद किया जाए तो सट डाउन करके ही बंद करते हैं इसके बाद रीस्टार्ट ऑप्शन होता है रीस्टार्ट के माध्यम से हम सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं जैसे मैंने मैंने बताया आपको कि हम वार्म बूटिंग करते हैं अगर हमारा सिस्टम चल रहा है अभी हम री करें सिस्टम बंद होगा और दोबारा ऑन होगा तो उसे हम वार्म बूटिंग कहेंगे तो ये है आपका सिस्टम में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो फर्स्ट डे की क्लास में आपको समझने जैसा होता है ये इसकी बेसिक्स है कंप्यूटर की स्क्रीन को समझना कंप्यूटर को ऑन करना समझना कंप्यूटर पर हम थोड़ा बहुत कैसे वर्क करते हैं ये समझना तो ये आपकी फर्स्ट डे की क्लास है इस तरह से हम धीरे धीरे एक एक क्लास में आपको पढ़ाते चलेंगे और आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बहुत ही आसानी से आपको कंप्यूटर का कम्प्लीट ज्ञान हो जाएगा तो आप वीडियो पर बने रहें वीडियो को केयरफुली देखें आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के पास जिससे ये इंपॉर्टेंट नॉलेज आपके फ्रेंड को भी हो और जो जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है उनके पास ये वीडियो जा सके तथा तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर लें बिकॉज इस पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी और कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज़ आप फ्री में कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से यदि आपकी कोई भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं हम उसका उचित सजेशन आपको प्रोवाइड करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए थैंक यू जय हिंद